जो है ना यहाँ पे तुम्हारे लोगों को ना गाड़ी लेके ऊपर जाना है ऐसे कैसे जाएंगे यार एक मिनट रुको मैं दिखाता हूँ देखो ऐसा पॉइंटी थोटी ना तो ऐसा लोगो को तो रुको जरा सबर करो बोलो तो गाड़ी चौड़ा के ऊपर जाना है oh, no. और यहाँ तुम्हारा स्वागत है छमिया लोग करेगी और तुमको जीतने के बाद मिलेगा प्राइज गोल्डन हेलीकॉप्टर विद पैसा पैसा, ये तो मैं ही लूंगा, अच्छा। लूंगा। दो तो तो ना पड़ेगा ने। अरे मैं जाता हूँ बच्चों को खेल लेके आ जाते का का से हां। क्या यार ये दोस्तों ये के। दोस्तों में ना अभी गाड़ी में इस गाड़ी में बैठ के जाता हूँ तब तक ना आप लोग मुझे देखता हूँ किसका रिडल सबसे अच्छा और फनी होता है जिसका भी अच्छा और फनी होगा ना हो गया अभी देखो मैं चला फुल मैं। मैं ये। ये क्या हो रहा है यार मुन्ना तो गलत गाड़ी ले आया है मुझे भी ऐसा लग रहा है यार इसका तो नीचे का पूरा टच किया हुआ है मैं मैं क्या मैं क्या चल। आए, क्या चल चल चल कर रहा है ये मैं चला है। आ, ए यार के थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए थोड़ा सा ऊपर अरे रे मुना तो बेना एकदम डाला रुक जाए दिखाता अच्छा। तो चलो अभी हमारी जीक मासे दिखाएंगे आए आए उची उची कैसे ऊपर जाते आ जा देखो बाप रे भाई आपकी तो ऊंची ऊंची गाड़ी है ऊंची है बिल्डिंग तेरी डो है मैं उठा उठा के जाओग कब कब मैं बताऊंगा ना हो हीरो ए, ए बेसे कीसा हीरो है तू अटकाडा लगाड़ी भाई oh, no. देख तू अभी बात को देख अपनी आंखो से देख, देख रहा आ, मैं हाय ये मजा ला देर से मैं जाऊंगा ये आ ये मजा ला ये देखो देर से जा मैं जाऊंगा ये आ ओए क्या हो रहा है आ, आ ये वापस से जाऊंगा देख 1 2 3 दैट दैट ये जाने आज चला ज तो महाकाल शेट ठोक लीजिए पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा